कमलनाथ सरकार में मंत्री रही ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक भाजपा नेता इमरती देवी और कांग्रेस विधायक सुरेश राजे एक दूसरे से भिड़ गए दोनों नेताओं के बीच टूतू मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है दोनों नेताओं के बीच विवाद नगर निकाय चुनाव में पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप के बाद हुआ बीजेपी नेता इमरती देवी और विधायक सुरेश राजू ने एक दूसरे पर पार्षदों को खरीदने बेचने का आरोप लगाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है वीडियो में इमरती देवी कह रही है की डबराे हमारे सात पार्षद थे कांग्रेस के दस पार्षद थे हमने अध्यक्ष बनाया वहीं कांग्रेस विधायक का कहना है कि उनके पास दस पार्षद थे अध्यक्ष हमारा बनना चाहिए लेकिन पार्षदों की खरीद फरोख्त हुई इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई वायरल वीडियो में सुना जा सकता है कि कांग्रेस विधायक का इमरती देवी से कह रहे हैं कि तुमने पार्षद खरीदे हैं इमरती देवी ने कहा कि तुमने बेचे हैं इस पर कांग्रेस विधायक का सुरेश राजे भड़क गए और कहा कि यह आरोप कैसे लगाया मैंने कब पार्षद बेचे किसको बेचे जिसको पार्षद बेचे उसका नाम बताओ वही मामला बढ़ता देख पास में मौजूद लोगों ने दोनों नेताओं को वहां से हटाकर मामला शांत कराया पार्षद इमरती देवी गए थी नरोत्तम लेकर पूरे दस विधायक नहीं, नहीं। मेरे मेरे खरीदे किसने किसने खरीदे खरीदे तुमने बेचे किसने खरीदे तुमने तुमने तुमने तुमने बेचा मेरे को तुम्हारे पास गया पास लेन सपारदा कैसे ठीक है ना पैदा नहीं हुआ क्या बात करना क्या खुद भी कोई पैदा नहीं हुआ खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ खरीदने वाला आप नहीं सुन लो या किसी का कुछ नहीं बनेगा। बनाया भेजी है और आप घेरा जाके आपको समाज के बंधु सुन लो भाई समाज के बंधु सुन लो या सुन लो एक मुझसे मत गया नहीं सुनो एक बनवा रहे थे मना कर रहे देखो अब जेराई के लोग हैं सब में पेकरीन इनकी निजी संपत्ति है ना? नहीं, नहीं निजी नई की है